रोहित शर्मा तुमसे हम लोग बहुत प्यार करते हैं इसलिए नहीं कि तुम क्रिकेट खेलते हो इसलिए प्यार करते हैं कि पाकिस्तान से जब मैच होता है तो तुम लोग जीतते हो अगर गलती से हारने का प्रयास करोगे तो ससुराल देख लेना जैसे पाकिस्तान को रेलते हैं ना उससे ज्यादा तुम लोगों को रेलेंगे और बस किसी भी देश से तुम लोग हारो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ये भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान से तुम लोगों को कभी भी किसी भी सूरत में मैच नहीं हारना है तो कान में बोल रहे हैं जोर से बोल रहे हैं कि रवि शास्त्री के बात पे कम ध्यान दो मेरे बात पे ज्यादा ध्यान दो पाकिस्तान से किसी भी हाल में मैच नहीं हारना है देखो मुड़ी भी ला रहा है बोल रहा है कि नहीं हारेंगे इसका दाढ़ी पक गया है बाल भी दाढ़ी रंगवाया करो जय हिंद